बुना स्वागत तो हम इस बार एक अलग तरह का ओपन सिस्टम लेते हैं तो हम एक हीट एक्सचेंजर को देखते हैं तो यहाँ निश्चय ही हीट एक्सचेंजर के बारे में कोई जानकारी पहले से ही मानकर नहीं चल रहे हैं ऐसी चीजें आमतौर पर एक हीट ट्रांसफर के कोर्स में पढ़ाई जाती हैं और हम हीट एक्सचेंजर्स की जटिलताओं में नहीं जाएंगे हम बस इसे एक ओपन थर्मोडाइनमिक सिस्टम जैसे ही लेंगे तो आइए यहाँ इस प्रॉब्लम को जरा पढ़ें एक हीट एक्सचेंजर में हवा को एक अन्य एयर स्ट्रीम से 30 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं जो हीट एक्सचेंजर में 150 डिग्री सेल्सियस पर प्रवेश करता है दोनों स्ट्रीम्स का फ्लो रेट 2 के पर सेकंड है और वे प्रेशर में किसी कमी के बिना फ्लो कर रहे हैं पता लगाइए इन स्ट्रीम्स के बीच एक हीट ट्रांसफर और दो एंट्रोपी प्रोडक्शन रेट का और हमें बताया गया है कि हवा का सी पी किलो पर जूल किलोग्राम केल्विन लेना है तो आइए देखें इस प्रॉब्लम को कैसे किया जाए तो एक तरीका आगे बढ़ने का और इस प्रॉब्लम को देखने का यह है कि बस एक तरह का बॉक्स यहां रेखांकित करें एक ब्लैक बॉक्स यह हमारा हीट एक्सचेंजर है और हम जानते हैं कि यहां टी स्ट्रीम्स है इस तरह हम कहते हैं कि यहां दो इनलेट्स हैं माना मैं इन्हें आई और आई कहता हूं इसी तरह यहां दो एग्जिट्स हैं E1 और E2। हम इसके विस्तार में नहीं जाते जैसे कि यहाँ यह पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर है या क्रॉस फ्लो या इस तरह का कुछ और हम केवल इसको एक ओपन सिस्टम जैसे देखते हैं हम बस यह मानते हैं कि ये स्ट्रीम्स मिक्स नहीं होते इसलिए हम जानते हैं कि पहला स्ट्रीम 30 डिग्री सेल्सियस पर अंदर आता है और एट्टी डिग्री सेल्शियस पर बाहर जाता है जबकि दूसरा स्ट्रीम 150 डिग्री सेल्सियस पर अंदर आता है इसका एग्जिट टेम्परेचर नहीं दिया गया है यह दिया गया है कि दोनों स्ट्रीम्स 2 किलोग्राम पर सेकंड पर है और क्या दिया गया है कि यहाँ किसी भी स्ट्रीम के लिए कोई प्रेशर ड्रॉप नहीं है जब यह इस ब्लैक बॉक्स में से होकर फ्लो होता है तो हम इसका हल कैसे निकालेंगे तो एक हीट एक्सचेंजर साधारणतया दो स्ट्रीम्स के बीच की हीट को एक्सचेंज करने के लिए इस्तेमाल होता है और कुल मिलाकर जहाँ तक बाहरी दुनिया का सवाल है यह पूरी तरह से एक एडियाबैटिक सिस्टम है इसका मतलब हम नहीं चाहते कि यहाँ से हीट कहीं और जाए यह केवल एक स्ट्रीम से दूसरे स्ट्रीम तक ट्रांसफर होनी चाहिए तो हम बस यहाँ यह दर्शाते हैं कि यह एक एडियाबैटिक सिस्टम है और यह कोई वर्क नहीं करता तो हम अब फर्स्ट लॉ लिख सकते हैं Q डॉट माइनस डब्ल्यू डॉट एफ हमें पता है कि यहाँ दो इनलेट स्ट्रीम्स हैं और स्टडी स्टेट में हम इसे एम डॉट वन और इसे एम डॉट टू कहते हैं यह है एम डॉट वन और एम डॉट टू इनलेट पर एम डॉट वन वही है जो एग्जिट पर एम डॉट वन है यह एक स्टडी स्टेट प्रॉब्लम है तो हम अलग से एम डॉट वन के लिए लिखते हैं एच ई माइनस एच आई प्लस वीई स्क्वाड अपॉन टू माइनस वी आई स्क्वाड अपॉन टू प्लस जी ब्रैकेट जेड ई माइनस जेड आई ब्रैकेट क्लोज और यह सब स्ट्रीम माइनस वन के लिए भी तो यह है एम डॉट वन और इसी तरह सेकेंड स्ट्रीम के लिए एम डॉट टू यदि आप चेक करते तो आपको एक इसी तरह का एक्सप्रेशन मिला होता तो आप गौर करें कि यदि यहां दो स्ट्रीम्स हैं स्टडी यदि वे मिक्स नहीं हो रहे हैं हम बस यह लिख सकते हैं वही फर्स्ट लॉ ओपन सिस्टम्स के लिए मानते हुए और यह हमारे पास क्या है कुल मिलाकर यह सिस्टम एडियाबैटिक है तो हम मानते हैं कि यह जीरो के बराबर है यहाँ कोई वर्क ट्रांसफर नहीं है यह जीरो है हम मानकर चलते हैं कि दोनों सिस्टम्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी में कोई वास्तविक बदलाव नहीं है जब ये स्ट्रीम्स इनलेट से आउटलेट तक जाते हैं यह एक काफी अच्छा एजम्पन है इसे जीरो रखिए और यदि इनलेट से आउटलेट तक वेलोसिटीज़ नहीं बदल रही हैं दोनों स्ट्रीम्स के लिए तब काइनेटिक एनर्जी में कोई बदलाव नहीं है तो हमें अंत में यह मिलता है कि स्ट्रीम वन के लिए एम डॉट वन एच ई माइनस है माइनस एम डॉट टू स्ट्रीम दो के लिए अब आप देखेंगे कि अब तक हमने यह बात नहीं की है कि क्या स्ट्रीम्स एयर या स्टीम या किसी गैस या पानी से बने हैं तो यदि ये एयर से बने हैं एच ई माइनस एच को सीपी डेल्टा टी के जैसे लिख सकते हैं या एयर या वाटर या किसी अन्य लिक्विड पर लागू होगा हमें केवल उस फ्लुइड के सीपी का पता करना है और इसलिए यदि यह एयर है तो यह एयर है यह वाटर है तो यह वाटर होगा यदि यह कोई ऑयल है या उस ऑयल के लिए होगा और हम मानते हैं कि इसमें डेल्टा टी की इस बढ़त के लिए ज्यादा बदलाव नहीं आता है अब यदि यह या, या तो एक टू फेस सिस्टम होता जैसे कि एक वाटर स्ट्रीम सिस्टम या शुद्ध स्टीम तब हमें एच और एच के लिए स्टीम टेबल्स में देखना पड़ता और आगे बढ़कर यह कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती कैलकुलेशन यदि दोनों में से कोई एक स्ट्रीम स्टीम का बना होता तब स्टीम टेबल का इस्तेमाल करिए लिक्विड डाटा के लिए एक उपयुक्त सीपी लीजिए और डेल्टा एच इजक्ल टू तो सी डॉट डेल्टा टी का इस्तेमाल करिए तो अब हमारे पास इस केस में है एम डॉट वन एच ई वन माइनस एच आई वन इजिक्वल टू माइनस एम डॉट टू एच टू माइनस एच टू या हम इसे ऐसे लिख सकते थे एम डॉट टू एच आई टू अब जरूरी तौर पर यदि स्ट्रीम 1 की एंथेलपी बढ़ती है यानी कि HE1 बड़ा है HI1 से इसका सहजता में यही मतलब है कि स्ट्रीम 2 की एंथेलपी घटती है और ऐसा इसलिए कि यह स्ट्रीम 1 को एनर्जी दे रहा है और इसलिए स्ट्रीम टू की इनलेट एंथलपी ज्यादा है स्ट्रीम टू की एग्जिट एंथेल्पी से और इसका उल्टा भी सच है आप वैसे यह भी मान सकते थे कि स्ट्रीम वन ही है जो एनर्जी दे रहा है और स्ट्रीम टू ही है जिसकी एंथैल्पी बढ़ रही है अब इस केस में एम डॉट वन इज इक्वल टू एम डॉट टू इज इक्वल टू टू किलोग्राम्स पर सेकेंड और इसलिए हम एम डॉट वन और एम डॉट टू को यहां से हटाते हैं हमें मिलता है एच ई वन माइनस एच आई वन इज इक्वल टू एच आई टू माइनस एच टू अब यहाँ हमारे पास है सी पी एयर डॉट डेल्टा माइनस टी एयर स्ट्रीम वन इज इक्वल टू सी पी एयर डॉट डेल्टा टी एयर स्ट्रीम टू दोनों स्ट्रीम्स यहाँ एयर से बने हैं हम इसे यहाँ से हटा सकते हैं तो हमें मिलता है टी ई वन माइनस टी आई वन इज इक्वल टू टी आई अब टी चूंकि यह एक अंतर है मैं डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन का इस्तेमाल कर सकता था कभी कभी केल्विन में काम करना सुरक्षित रहता है लेकिन मैं इसे आप पर छोड़ता हूं हम जानते हैं माना कि यह स्ट्रीम वन है जो गर्म हो रहा है यह 30 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है तो यह है एटी और थर्टी और यह यहाँ वास्तव में 150 से एक निचले टेम्परेचर टी पर जा रहा है लेकिन अब हम पता लगा सकते हैं चूँकि बाकी सब पता है और टी का पता लगाया जा सकता है तो ऐसे आप आगे बढ़िए और पता लगाइए कि एग्जिट टेम्परेचर क्या है और यदि आपको Q. डॉट चाहिए तब Q. डॉट है एम डॉट वन सी पी डेल्टा टी और यह वही है जो एम डॉट डेल्टा टू है यह यहाँ नेगेटिव साइन जरूरी है क्योंकि यदि एक हीट को दे रहा है तो दूसरा हीट को ले रहा है और हम Q डॉट का पता लगा सकते हैं यह एंट्रोपी प्रोडक्शन रेट क्या है तो यह है पार्ट बी यह है एंट्रोपी प्रोडक्शन रेट आप देखते हैं कि हमने माना है कि Q डॉट पूरे ओपन सिस्टम के लिए जीरो के बराबर है यह क्यू डॉट है स्ट्रीम वन और स्ट्रीम टू के बीच में लेकिन Q डॉट पूरे ओपन सिस्टम के लिए हमने जीरो के बराबर माना है इस तरह इस पूरे ब्लैक बॉक्स के लिए जो हमने यहाँ रेखांकित किया था Q डॉट इज इक्वल टू जीरो क्योंकि यहाँ केवल एक Q का आदान प्रदान है वन और टू के बीच इन दो स्ट्रीम्स के बीच में जो यहाँ फ्लो हो रहे हैं मुझे नहीं मालूम कि वे कैसे फ्लो हो रहे हैं लेकिन यहाँ एक आदान प्रदान है यह यहाँ पूरी तरह से आंतरिक है लेकिन अब यदि Q डॉट सिस्टम जीरो आप जानते हैं कि एंट्रॉपी प्रोडक्शन रेट S डॉट p इज इक्वल टू एम डॉट se ई -Si. माइनस यदि वहाँ केवल एक स्ट्रीम होता इस केस में यह होगा m डॉट वन se ई वन माइनस एस आई वन प्लस एम डॉट टू एस ई टू माइनस और आप ध्यान दें कि यहाँ प्रेशर में कोई बदलाव नहीं है मैं यहाँ यह प्रॉपर्टी रिलेशन TDS डी एस इज इक्वल टू डी एच माइनस वी भी इस्तेमाल कर सकता था और चूंकि इस प्रोसेस में डीपी जीरो है हमें मिलता है डी एस इज इक्वल टू डी एच अपॉन टी इज इक्वल टू सी पी डी टी अपॉन टी यदि हम डी एस को इनलेट से एग्जिट तक इंटीग्रेट करें हमें मिलता है सी पी डॉट आई एन टी माइनस एग्जिट अपॉन टी माइनस इनलेट जरूरी तौर पर सी अपॉन टी को इनलेट से एग्जिट तक इंटीग्रेट पर हमें यह एक्सप्रेशन मिलता है और अब आप पाते हैं कि इस केस में यदि हमारे पास कुल एस डॉट पी है यह होगा एम डॉट वन सी इन टी वन अपॉन टी आई वन प्लस एम डॉट टू सी इन टू अपॉन टी जरूरी तौर पर इस केस में दोनों सीपी एक ही है इस केस में दोनों एम भी एक ही थे। यदि इन दोनों स्ट्रीम्स में से एक स्टीम का बना है तब आपको वास्तविक एंट्रॉपी का स्टीम टेबल से पता लगाना पड़ेगा आप इसके लिए सीपी डॉट डी टी अपॉन का इंटीग्रल नहीं करेंगे लेकिन इसे बस टीम टेबल से ही पा सकते हैं SE2 और SE1 ई दी गई स्टेट्स के लिए लेकिन इस केस में हमारे लिए यही एक प्रश्न है और गौर करें कि आप यहाँ डिग्री सेंटिग्रेट नहीं इस्तेमाल कर सकते आपको केल्विन ही इस्तेमाल करना है जब आप एक लॉग ले रहे हैं यह एक रेशियो है इसलिए आप 30 डिग्री सेल्सियस और एटी डिग्री सेल्सियस को कैलविन में बदलिए आप देखते हैं कि यहाँ एग्जिट टेम्परेचर बड़ा है इनलेट टेम्परेचर से स्ट्रीम वन के केस में तो यह एक पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाएगी यह एक नेगेटिव क्वांटिटी हो जाएगी लेकिन कुल मिलाकर यदि आप चेक करें यह इसकी तुलना में एक बड़ा नंबर होगा और एस डॉट पी जीरो से बड़ा होगा जैसा कि इसे होना चाहिए तो यदि आप आगे बढ़ें और इसे करें आपको दोनों के लिए मिलेगा टू के पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई वन किलो जूल पर के लविन यह है M डॉट मल्टीप्लाइड बाई और तब आपके पास है इन या लॉग ऑफ 353.15 अपॉन 303.15 यह है इनलेट स्ट्रीम और लॉग 473.15 अपॉन 523.15 यह है स्ट्रीम टू और यह है स्ट्रीम वन और हम बस वैल्यूज डाल सकते हैं यह जरूरी तौर पर यह किलो जूल पर सेकंड है किलोवाट यह होगा टू किलो पर केल्विन और यहां आपके पास दो टर्म्स हैं एक है प्लस जीरो पॉइंट थ्री जीरो सिक्स दूसरी है माइनस जीरो पॉइंट टू जीरो वन और अंत में आपको मिलेगा प्लस जीरो पॉइंट वन जीरो फाइव इंटू टू किलो पर केल्विन तो यह है एंट्रोपी प्रोडक्शन रेट आपको एक पॉजिटिव नंबर मिलना चाहिए और वह एक अच्छा चेक होगा इस तरह देखिए कि हम यहाँ क्या मानकर चल रहे हैं हमारे पास एक एयर स्ट्रीम था इस तरह हम जानते हैं एंथल्पीज में क्या बदलाव है इस तरह हम जानते हैं दो स्ट्रीम्स के बीच में क्या हीट ट्रांसफर है और हम एंथ्रॉपी के बदलाव का भी पता लगा सकते हैं और जैसा मैंने आपको बताया यदि दोनों स्ट्रीम्स में से एक स्ट्रीम होता या यदि दोनों स्टीम होते तब आपको स्टीम टेबल्स में देखना पड़ता और सीपी डॉट डेल्टा टी को लेकर आप नहीं चलते धन्यवाद